मैं आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन करता हूं। दिनांक 21 दिसंबर दिन शनिवार के दैनिक राशिफल के इस कार्यक्रम में प्रस्तुत राशिफल चंद्रमा के गोचर के आधार पर आधारित है दर्शकों वर्तमान समय में जयपुर में ही हैं तो इच्छुक दर्शक जो कोई भी मिलना चाहते हैं क्योंकि 21 और बाईस दो ही दिन का हमारा जो है बीस इक्कीस का है तो आज जो है इक्कीस तारीख है दूसरा दिन है जो लोग भी इसके आसपास के भी क्षेत्र से हैं और आपके जीवन में कोई परेशानी आ रही है आप लोग आ के मिल सकते हैं पंचांग पर एक दृष्टि डाल लेते हैं आज का पंचांग क्या कहता है तो देखिए विक्रम संबत 2076 हज़ार छिहत्तर तक संबत्त उन्नीस पौष माह से शनिवार दिन रहेगा और सूर्योदय होगा प्रातः छः बजकर चौवन मिनट पर सूर्यास्त होगा शाम को पाँच बजकर तेरह मिनट पर कृष्ण पक्ष की आज जो तिथि रहेगी दशमी तिथि रहेगी शाम को पाँच बजकर पंद्रह मिनट तक की इसके उपरांत एकादशी तिथि लग जाएगी दसवीं तिथि के बारे में हमने आपको बताया था कि कलंबी का सेवन नहीं करना चाहिए शास्त्रों में मनाई है ब्रह्मा व्यवस्था पुराण में भी लिखा हुआ और एकादशी तिथि में सेम का सेवन नहीं करना जो है करना चाहिए तथा चावल व दाल इनका तो सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए चावल का तो कताप ही नहीं आप लोगों को करना चाहिए तो कोशिश कीजिएगा आज रात्रि में चावल आप लोग अवॉइड करिएगा नक्षत्र पर आ जाते हैं नक्षत्र रहेगा चित्रा इसके उपरांत स्वाति नक्षत्र रहेगा करड़ रहेगा वृष्टि इसके उपरांत बफ करड़ रहेगा योग रहेगा शोभन इसके उपरांत अति योग रहेगा और अभिजीत मुहूर्त पे आते हैं शुभ समय होता है शुभ कार्यों को आप लोग इसमें कर सकते हैं ग्यारह बजकर तिरालीस मिनट से बारह बजकर चौबीस मिनट का जो समय रहेगा ये अभिजीत मुहूर्त का रहेगा और इसके अलावा आज 21 दिसंबर को जो है काल लग रहा है दोपहर एक बजकर छियालीस मिनट से लेकर के पंद्रह बजकर सोलह मिनट तक की आप लोग इस कार्यों में यदि अपना जो है इस समय में अपने कार्यों को करेंगे तो आपको निश्चित सफलता प्राप्त होगी अशुभ समय पर आते हैं राहु काल कब रहेगा तो सुबह नौ बजकर उनतीस मिनट से दस बजकर छियालीस मिनट तक का जो समय रहेगा ये राहुकाल का रहेगा चंद्रदेव जो चलायमान रहेंगे ये कन्या राशि में मान रहेंगे सुबह आठ बजकर अट्ठाईस मिनट तक की इसके बाद तुला राशि में जाएंगे देव देवगुरु बृहस्पति के साथ धनु राशि में मान है क्योंकि तो देखिए धनु राशि में दर्शकों कई ग्रह हैं शनि है गुरु हैं केतु हैं सूर्य हैं तो शुक्र भी आ गए हैं तो तमाम प्लैनेट जो हैं इस समय बड़ा जो है विस्फोटक स्थिति बन रही जो हमने पूर्व में भविष्यवाड़ी कही थी कि ग्रहयुद्ध के हालात हो सकते हैं आगजनी की घटनाएं में बहुत ज़्यादा इजाफा होगा तो ये चीज़ें आपको देखिए देखने में आ रही होंगी शनिवार को पूर्व दिशा की ओर दिशाफूल रहता पूर्व दिशा की ओर यात्रा करने की मनाही रहती है लेकिन आप लोग अदरक का सेवन करके तब निकल सकते हैं और पहले पश्चिम की ओर आपको चार पक चलना रहेगा उसके बाद पूर्व दिशा की ओर चलना रहेगा राशि फल पर आगे बढ़ते हैं हमारी जो पहली राशि आती है ये आती है मेष राशि मेष राशि के जात देखिए आज आपका मन बड़ा आनंदित रहेगा जो लोग मेष राशि के हैं बिजनेस हैं और कपड़ों से रिलेटेड बिजनेस करते हैं तो आज आपको उम्मीद से ज़्यादा देखिए लाभ देखने को मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है आज लव मीट के साथ कहीं घूमने फिरने के लिए बाहर जाने का प्लान बना सकता है वीकेंड पे आप लोग बाहर जा सकते हैं मेष राशि के जातक हैं स्टूडेंट्स हैं लॉ सेक्टर की पढ़ाई कर रहे हैं तो इसमें किसी बहुत बड़े संस्थान में दाखिला मिलने का भी आज सुअवसर आपको प्राप्त होता हुआ दिखाई पड़ रहा लंबे समय से चली आ रही स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जो का जो है आज अंत होगा आज आपको कुछ धार्मिक कार्य करने का मौका मिलेगा उपाय पर करना क्या रहेगा तो कोशिश कीजिएगा आज हनुमान जी को आप लोग बूंदी के लड्डू चढ़ाइएगा आपको आर्थिक लाभ इससे होगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा पीला और शुभ अंक आपके लिए रहेगा चार वृषभ राशि के जातकों आज के दिन आप चिंता मुक्त रहेंगे खास करके जो लोग कॉस्मेटिक चीजों से रिलेटेड जो है कपड़ों से रिलेटेड और केमिस्ट से रिलेटेड बिजनेस करते हैं उनके बिजनेस का आज विस्तार हो सकता है आज आपके शिक्षक भी आपसे खुश रहेंगे वृषभ राशि के जातक हैं और कॉमर्स फील्ड से यदि आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आज आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा जो लोग सरकारी नौकरी में हैं उन्हें सैलरी में आज कोई बोनस इत्यादि मिल सकता है कुल मिलाकर के आज का दिन आर्थिक लाभ रहने वाला है उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो आज आपको प्रयास ये करना दशरथ के शनि स्रोत का आज आपको पाठ करना रहेगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा वाइट और शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा साथ हमारी जो अगली राशि आती है आती है मिथुन राशि तो आज बिजनेस में तेजी देखने को आपको मिलेगी आज आपकी परेशानियों का अंत होगा आज आपका दिन ठीक ठाक रहेगा कार्य क्षेत्र में आज आपको जो है जो मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था इससे मुक्ति मिलेगी मिथुन राशि के जातक हैं तो आज आपको आर्थिक जो समस्याएँ आ रही थी दूर होती हुई दिखाई पड़ रही हैं पूर्व में किए गए निवेश आज आपके लिए लाभकारी रहेगे आज आपका पैसा किसी ऐसे जो है संस्थान में किसी ऐसी डील में या किसी ऐसे शेयर में लग सकता है जिसमें आपको अच्छा प्रॉफिट हो साथ ही साथ आज घर के कार्यों में बड़े भाई का आपको सहयोग प्राप्त होगा शिक्षकों को आज पदोन्नति भी मिल सकती है उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो देखिए आज हनुमान जी को चमेली के तेल में सिंदूर डाल करके आपको लेप लगाना रहेगा और आज आपको सुंदर का पाठ भी करना रहेगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा ब्लैक और शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा नौ कर्क राशि के जात को आज थोड़े बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है आज बड़ों की सलाह लेने से बिगड़ा हुआ आपका काम जो है ये बन जाएगा युवाओं के लिए सफलता के नए दरवाजे खुलने वाला आज दिन है आज लोगों को दांपत्य जीवन का अच्छा सुख प्राप्त होता हुआ दिखाई पड़ रहा है बच्चों के साथ आज आपका समय ज़्यादा एक्पेंड होगा और आज, आज आप लोग कहीं घूमने फिरने के लिए बाहर भी जा सकते हैं आज, आज आपके स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव की स्थिति बनी रहेगी बदलते मौसम का ध्यान रखने की जरूरत है अन्यथा आप लोग बीमार भी पड़ सकते हैं कोशिश कीजिएगा आज बंदरों को आप लोगों को केला खिलाना रहेगा साथ ही साथ हनुमान अष्टक का पाठ करना रहेगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा व्हाइट और शुभ अंक आपके लिए रहेगा चार सिंह राशि के जातको आज का दिन ठीक ठाक रहेगा आज आप अपने सोचे हुए कामों को जल्दी पूरा कर लेंगे जो लोग लोहे का बिजनेस करते हैं आज बिजनेस का विस्तार उनका हो सकता है जो स्त्रियां जॉब करती हैं आज आपका काम समय रहते ही खत्म हो जाएगा आज अपनी वाड़ी पर जहां तक हो सके संयम रखिएगा माता पिता के साथ किसी धार्मिक स्थल में जाने का प्लान बन सकता है उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो देखिए आज कोशिश कीजिएगा शनि के बीज मंत्रों का आपको जाप करना रहेगा साथ ही चाय पत्ती का दान किसी जो है मजदूर को लेबर को आपको करना रहेगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा रहेगा ब्राउन और शुभ अंक आपके लिए रहेगा यह रहेगा पांच कन्या राशि के जातकों आज आपका दिन खुशियों से भरा रहेगा जो लोग पॉलिटिक्स में हैं राजनीति में हैं, उन्हें आज कोई बहुत बड़ा पद मिल सकता है लोगों के बीच आज, आज आपकी लोकप्रियता बढ़ेगी और छोटे स्तर पर व्यापार करने वालों को उम्मीद से अधिक धन लाभ होगा लबमेट के साथ रिश्तों में मिठास आती हुई दिखाई पड़ रही है पार्टनर के साथ कहीं वीकेंड पर घूमने आप लोग बाहर जा सकते हैं जो लोग प्रॉपर्टी का, का काम करते हैं आज किसी अच्छी जमीन में पैसा आप लोग लगा सकते हैं कुल मिला करके लाभ होगा हनुमान चालीसा का तीन बार पाठ करिएगा कार्य में आपको सफलता मिलेगी शुभ कलर रहेगा आपके लिए नीला शुभ अंक आपके लिए रहेगा चार जी हाँ तुला राशि लिब्रा लेकिन तुला राशि पर आगे बढ़ें आप लोगों से अपील है कि नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए बगल में बना बेल आइकन दबाइए साथ ही साथ दर्शकों आप लोगों से अपील है कि जय श्री राम का उद्घोष यहाँ पर जरूर कीजिए वार्षिक राशिफल 2020 हमारे चैनल पर पड़ चुका है अंक ज्योतिष के अनुसार राशिफल भी हमारे चैनल पर पड़ चुका है कैरियर के अनुसार कैसा रहेगा मे से लेकर के मीन राशियों का हाल आप लोग हमारे चैनल पर जाइए विजिट करिए तब आपको पता चलेगा तो तुला राशि पर बढ़ते हैं तुला राशि के जात को आज का दिन सामान्य रहने वाला है अगर लंबे समय से किसी बात को लेकर के परेशान हैं तो पार्टनर के साथ आप लोग शेयर कर सकते हैं जो लोग बिजनेसमैन हैं आज उन्हें आर्थिक उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है मन को शांति मिलेगी आज धन से जुड़े लेन करने से बचना होगा किसी को बिना सोचे समझे आज पैसा उधार देने से बचिए खास करके जो स्टूडेंट का जो है उच्च शिक्षा के लिए बाहर जाना चाहते हैं वो लोग बाहर जा सकते हैं जीवन में आज सफलता के मार्ग खुलेंगे टीचर का अपने आशीर्वाद लीजिए और यदि आज, आज आपके कहीं गुरु दिख जाते हैं तो उनको कुछ मीठा जरूर खिलाइएगा केसर अगर उसमें हो तो बहुत बढ़िया है साथ ही साथ दूसरा उपाय है कि आज, आज आप लोग जो है कोशिश कीजिएगा कि भगवान भास्कर को आप लोग अर्घ जरूर दीजिए शुभ कलर आपके लिए रहेगा ब्लैक शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा दो तो वृश्चिक राशि के जात को आज आपका दिन बहुत अच्छा रहने वाला है खास करके जो लोग फिल्म इंडस्ट्री में हैं थिएटर से रिलेटेड काम करते हैं म्यूजिक इंडस्ट्री में हैं। एक्टिंग से रिलेटेड काम करते हैं उन्हें कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल हो सकती है आज आपके रुके हुए काम पूरे होंगे विवाह योग पुरुषों के लिए आज कोई बहुत अच्छा रिश्ता आ सकता है जो लोग प्राइवेट जॉब करते हैं उनको आज प्रमोशन इत्यादि मिल सकता है बहुत से उनको तारीफ मिल सकती है उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो देखिए आज, आज आपको प्रयास करना रहेगा कि पीपल के वृक्ष पर आज आपको जाके जलार्पण करना रहेगा दूसरा दशरथ के शनि स्रोत का आप लोग पाठ करिए शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा आज ब्लैक और शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा ये ये हमारी जो अगली राशि आती आती है ये आती है जी हैं धनु राशि तो कार्यक्षेत्र में सफलता मिलने का दिन है और आज आपका दिन बेहतरीन रहने वाला है आज हर किसी को साथ लेकर के चलने का योग दिखाई पड़ रहा है जो लोग वकालत से जुड़ा हुआ कार्य करते हैं पैसा है उनका तो पुराने किसी केस में आज उनको सफलता प्राप्त हो सकती है कार्यक्षेत्र में जूनियर का सहयोग आज आपको मिलेगा जो लोग जमीन जायदाद से रिलेटेड काम करते हैं कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड काम करते हैं उनके लिए आज का दिन बेहतर रहने वाला है आ, ओम हन हनुमत रुद्रात्मकाय हुम फट इस मंत्र का 108 सौ बार आज आप लोग जाप करिए साथ ही साथ आज, आज आप लोग किसी धार्मिक आयोजन में भी सम्मिलित हो सकते हैं शुभ कलर रहेगा पीला शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये कैप्रिकॉन मकर राशि तो मकर राशि के जात को आज का दिन एवरेज रहने वाला है जीवन में आपको कोई नया मुकाम प्राप्त होगा खास करके जो लोग फैशन डिजाइनर हैं उन्हें आज जो है कोई सम्मान मिल सकता है आज सरकारी पक्ष से भी आपको कोई लाभ मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है आज, आज आपको किसी बहुत बड़ी म्यूजिक इंडस्ट्रीज से कोई ऑफर मिल सकता है जो लोग संगीत और गायन के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं समाज में उन्हें प्रसिद्धि मिलेगी खास करके जो लोग नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं वो लोग कर सकते हैं उपाय के तौर पर आज करना क्या रहेगा तो आज सुंदरकांड का आप लोगों को पाठ करना रहेगा साथ ही साथ आज हनुमान जी को गुलाब की माला आपको चढ़ानी रहेगी शुभ कलर आपके लिए रहेगा रहेगा ब्लैक शुभ अंक आपके लिए रहेगा यह रहेगा पांच कुंभ राशि के जातकों क्या कुछ कहते हैं आज आपके सितारे तो आज का दिन जो है आपके लिए अच्छा रहने वाला है आज पूरे दिन प्रसन्नता बनी रहेगी कोई नया व्यापार आज आप लोग शुरू करते हैं जो लोग सरकारी नौकरी में हैं आज ऑफिस में उनको उच्च अधिकारियों से मदद मिलेगी जो लोग जमीन के कारोबार से जुड़े हुए हैं उन्हें उम्मीद से अधिक आज आपको जो है धन प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है ट्रेवल एजेंसी से जुड़ा हुआ आप बिजनेस करते हैं उसमें भी आज आपको लाभ होगा लेकिन आज आपका स्वास्थ्य का पाया बड़ा कमजोर रहेगा जीवन साथी के साथ कुछ आपके जो है संबंध मधुर नहीं रहेंगे बाद में जो है आप लोगों की ईगो एक दूसरे की टकराएगी तो उपाय के तौर पर आज करना क्या रहेगा तो देखिए आज आप लोगों को हनुमान मंदिर में जाकर के राम रक्षा स्त्रोत का पाठ करना रहेगा और यदि हो सके तो आज बंदरों को गुड़ चना जरूर खिलाइए शुभ कलर आपके लिए रहेगा पीला शुभ अंक आपके लिए रहेगा एक अंतिम राशि पर चलते हैं हमारी अंतिम राशि आती है मीन राशि मीन राशि के जातको आज का दिन बहुत अच्छा रहने वाला है जो लोग लेखक हैं राइटर हैं आज आपके विचारों का सम्मान होगा आज आपकी लेखनी में ताकत आएगी दम आएगा आज आपकी लेखनी की तारीफ हर जगह होगी सोशल मीडिया पर आज बहुत ज्यादा आप लोग एक्टिव रहेंगे और आज आप लोग कहीं बहुत लजीज व्यंजन का आनंद लेते हुए दिखाई पड़ रहे हैं यात्राओं का योग बन रहा है अपनी संतान के साथ आज आप लोग पिकनिक पर चिड़ियाघर हो गया जू हो गया तो ऐसी जगहों पर जा सकते हैं साथ ही साथ आज सामाजिक संगठन से यदि आप जुड़े हैं तो आज आपका पद प्रतिष्ठा और कद बढ़ेगा हर काम में आज आपको जो है पत्नी का सहयोग प्राप्त होगा चूँकि शनिवार दिन रहेगा तो उपाय जो है क्या रहेगा कोशिश कीजिएगा दशरथ के शनि का पाठ कीजिए और आज हनुमान जी को एक मीठा पान आप लोग जरूर चढ़ाइए शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा आज हरा और शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा तीन तो ये तो था हमारा मेज से लेकर के मीन राशि का शनिवार का राशिफल कैसा लगा कमेंट के माध्यम से बताइए जयपुर में है मिलना चाहते हैं संपर्क कर लीजिए आ के मिल लीजिएगा बार बार आना नहीं हो पाता है दीजिए इजाजत आप सभी लोगों को प्रणाम करते हुए जय श्री राम का उद्घोष करते हुए और इस उम्मीद के साथ कि आपने भी कमेंट में जय श्री राम जरूर टाइप किया होगा दीजिए इजाजत तब तक, तक के लिए नमस्कार जय हिंद